मैं तो सांसरी है ओ नीवा मेरी मां मेरे मन ला क्यों तेरी मैं मैं तो सांसरी है ओ नीवा मेरी मां मेरे मन ला क्यों तेरी मैं तेरी की मैं मैं तो सांसरी है ओ नीवा मेरा मन ला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 सतु भगवान की